राम खालसा हाँ वागुरु जी राम राम की फतेह जी गोगा तो, तो भी दस लाख फॉरम है तैयारी करने वाले अकेले तुम ही नहीं हो जो यहां लाइव आ रहे हैं सिर्फ वो नहीं है जो घर बैठे हैं वो भी है यहां जो भी आते हैं पचास हजार साठ हजार सिर्फ इतना ही नहीं है तैयारी करने वाले तैयारी करने वाले बहुत है यानी कोई कमी नहीं है तैयारी करने वालों की तुम अगर एक दिन भी वेस्ट करते हो ना एक दिन भी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा कई बार बच्चा पेपर देने जाता है किसी एक क्वेश्चन को वो ऐसे कई बार आ जाए है गस्ती कर तो चेप दे बढ़ दौ रे बै दियो उन्हें नहीं पता कि तुमने एक पर्सन गलत नहीं किया है तू लाखों लोगों से पीछे हो गए यानी एक क्वेश्चन भी अगर आप गलत करते हो ना तो लाखों लोगों से पीछे होता है एक एक पॉइंट पे लाखों लोग होते हैं कई बार वेटिंग आती है पॉइंटों पे कितने ही लोग होते हैं क्योंकि लड़ाई जब पेपर लिया जाएगा ना तो सो पर्सनों में से 50 से 55 क्वेश्चन हर किसी को आएंगे कभी आपने देखा है पेपर देने जा और बारह निकलता है कई मानवों के लॉ पचास तो मेरा ही बनन लाग रहा है थोड़सो पढ़ लेते तो, नहीं तो सिलेक्शन हो जाता मुना ए पचास हर किंगा ही बनाए ऊपर जानी जो जोर आवे 60, 70 से ऊपर अगर आप एक एक परसेंट ऊपर चढ़ते हो ना तो जोर आता है भाई साहब क्योंकि अंतिम लड़ाई वहीं होती है 50-55 परसेंट हर किसी के आएंगे और इन 50 परसेंट पिचपन परसेंट से कुछ नहीं बंटने वाला है अभी तो आपके किसी अब राजस्थान पुलिस की आई है किसी के फुम्पे का किसी के जीजे का किसी के चाचे का किसी का भी कॉल आया क्या अब नहीं आएगा उनमें से एक भी आपको यह नहीं पूछेगा कि क्या मुनिया तैयारी करो ना के कोचिंग कर जाओ आप है तो बता दी। आपका फोंपा कितने पैसे वाला हो ऐसा फोन अगर आया है ना आपके पास इन तीन चारों में से तो वो आदरणीय है और उसका हमेशा सम्मान करना लेकिन मैं गारंटी देता हूँ नहीं आएगा आप मकान शुरू करो और हजार राय देने आएंगे यहाँ रसोई नहीं होनी चाहिए ये अग्नि कोण है ये वायव्य कोण है ये वो कौन है ये, कि ये कमी है रह, अब नहीं करना चाहिए था एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आता जो ये कहे भाई मकान चालू करा के रुपया की जरूरत तो बता दी ऐसे लोग लाखों में एक होते हैं और वही सच्चे मित्र सच्चे हितैषी होते हैं बाकी राय देने वाले बकवास करने वाले बहुत आएंगे अगर तुम्हारे किसी का भी आए ऐसा वो आदरणीय है लेकिन नहीं आएगा इन सब का आएगा आपके फूम्पोजी का भी आएगा आप तैयार रहना बेजती के लिए तैयार रहना आपके चाचा जी का भी आएगा फूफा जी का भी आएगा जीजा जी का भी आएगा क्या पूछेंगे रिजल्ट आते ही उन्हें पता है सिलेक्शन नहीं हुआ क्यों आ रहा हो क्यों गए अब भी मन में सोचोगे, बेरो तो नहीं है क्यों मजा ले को, को नहीं अच्छा फिर आपको सांत्वनी देंगे कोई नहीं कोई नहीं हो जागो जागो के बात हो जागो अब आप भी समझ रहे हो कि बकवास कर रहा है मजे ले रहा है नहीं हुआ इसलिए होने के बाद तो आए न आए वो एक अलग चीज है उनसे सामना क्योंकि वो आपको चुनौती दे रहे हैं चुनौती को स्वीकार करो स्वीकार करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है चुनौती को स्वीकार करने के लिए दो ढाई साल पहले मैंने एक कोचिंग छोड़ी अहंकार में मुझे कहा गया फोन करके वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है मैं जब भी नर्वस होता हूँ जब भी मैं हिम्मत आता हूँ वो रिकॉर्डिंग सुनकर मैं दोबारा अनर्जेटिक होकर लग जाता हूँ फोन करके कहा कि तेरी औकात क्या है आता क्या है तेरे को तेरे तो बोरिए बिस्तर गोड़ हो जाएंगे दो चार महीने में ही सिक तब मैंने चुनौती को मैंने बहुत पहले छोड़ प्लान बना लिया था कि अब छोड़ेंगे आश्रम खोलेंगे दो ढाई लेकिन मैंने चुनौती स्वीकार किया मैं बताऊंगा मेरी औकात क्या है और मैंने मेहनत की थी उस समय आठ आठ दस दस घंटे कुछ नहीं बना मेरे घंटे के मेरे पाँच सौ रुपये नहीं बने मेरे साथी दूसरे कोचिंगों में लाखों कमाते थे मेरे महीने के बनते थे पचास या साठ मुश्किल से लेकिन मैंने चुनौती स्वीकार की वहाँ जियोग्राफी हिस्ट्री हिंदी पढ़ा के मैंने और टॉप पर ला छोड़ दिया वो ये मेरी औकात है चैलेंज स्वीकार करो वो चाचा फूँपा आपको चैलेंज दे रहे हैं स्वीकार करो फोन की रिकॉर्डिंग भी कर लेना सुन लेना कि ये चाचा जी ने फोन फूबा जी क्यों किया है तो चैलेंज को स्वीकार करो एक एक दिन वेस्ट करना आपकी मूर्खता है एक एक दिन भी गलतियां आप कर रहे हो जिस दिन आपका रिजल्ट आए ना उस दिन अफसोस नहीं होना चाहिए कि यार तैयारी नहीं उस दिन यह मत कहना कि यार थोड़सो पढ़ ले तो, तो सलेक्शन हो जाए तो वो बसो थोड़ सो चुको नहीं वो थोड़ा को वो पूरे दो साल में ऊपर जागो हो सकता है अगली भर्ती तक आप कमेंट दिखाना अगली भर्ती तक आप ओवरएज भी हो जाओ कोई ज़रूरी नहीं है ये लास्ट मौका है हम चाहते हैं कि आप लास्ट मौके में मिठाई लेके आओ हाँ आपके भी क्या बोलते हैं उसे बोले ना नहीं आपने जी महाराज की वह हाँ